तो आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली के बारे में मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है मिडिल क्लास फैमिली अपना जीवन यापन किस तरह से जीते हैं तो हमारे देश के अधिकतर फैमिली मिडिल क्लास से हैं हर इंसान अपने इनकम के अनुसार अपना लाइफस्टाइल जीता है यानी कि वह जितना कमाते हैं उतना ही में वो खुश रहना जानते है वो हर एक छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं जैसे कि वो जो चीज भी खरीद कर घर लाए यानी कि टीवी हो फ्रिज हो स्कूटर हो वो खुशियाँ इस तरह से मनाते हैं, जैसे कि बिन दिवाली के वो दिवाली मनाते हैं उनके चेहरे पे एक अजब सी खुशियाँ झलकती रहती है मतलब वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते है उनको खुशियों का कोई ठिकाना ही मिलता है हर एक चीज खरीदने से ज्यादा वो इस चीज पर सोचते हैं मतलब इस चीज़ पे वो ध्यान देते हैं कि बस बचत हो जाए मतलब चीजें खरीदने से ज्यादा वो बचत पे ध्यान देते हैं जैसे वो कुछ भी ले उस चीज में तो वो सोचते हैं बस बचत हो जाए बस बचत हो जाए बस बचत हो मतलब चीजों को खरीदने से ज्यादा उनका ध्यान यानी उनका सोच बचत पे होता है और बचत के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं क्लास फैमिली आम जिंदगी जीते हुए भी बड़े बड़े सपने देखते हैं जैसे कि वो अपना सपना देखते हैं कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़िया हो, मैं बड़े बड़े जगह में घूमने जाऊँ मैं ये करूँ मैं वो करूँ करूँ मतलब वो अपना जीवन वो सपनों में ही जीना पसंद करते है हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते तो कुछ नहीं है बस वो सोचते रहते हैं कि क्या करे क्या ना करे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे वो लोगों के बारे में सोचते हैं अपनी ना नापरवाह करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है अरे तुम उन लोगों की बातों को छोड़ो और करो करके तो देखो तो ऐसे ही लोग अपने मेहनत और के कारण आगे बढ़कर अमीर बन जाते हैं और अपना लाइफस्टाइल सुधार लेते हैं इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे रहते हैं उन्हें उन पे घर की जिम्मेदारियों का बोझ होता है इस वजह से ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते और वह जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे रहते हैं ये करने से ज्यादा सोचते हैं कि आखिर मुझे घर भी तो चलानी है घर का खर्च कौन देखेगा इन्हें इन लोगों पे घर के जिम्मेदारियों का बोझ होता है इसी कारण ये लोग आगे कुछ नहीं करते ये सोचते है की लोग क्या कहेंगे तो सुनो लोगो का काम है कहना वो लोग कुछ भी बोलेंगे तुम जानते हो आखिर कि तुमको क्या करना है अंदर की नकारात्मक सोच को दूर करो और तुम आगे काम करके तो देखो तुम्हारा काम पूरा होगा क्यों नहीं होगा तुम अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस काम को पूरा करो तुम भी एक दिन मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर, बाहर आओगे और आगे, आगे बढ़ोगे और तुम्हारा हर वो हर वो एक सपना पूरा होगा जो तुमने रात में सोने टाइम देखा होगा तुम काम को शुरू करके तो देखो शर्म को पीछे छोड़ करके तो देखो मेहनत और जोश से काम शुरू करो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा लेना तुम्हारी किस्मत थी उसमें मर जाना तुम्हारी होगी। आप खुद भी इस बात को को जानते होंगे कि बड़े-बड़े बिजनेसमैन बिजनेसमैन अपने काम छोटे-छोटे से छोटे से ही शुरू करते हैं। हैं इसमें कुछ ऐसे होते जिन्हें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये लोग अपने काम को शुरू में ही आगे नहीं पहुंचा देते हैं छोटे जगहों से ही धीरे धीरे धीरे धीरे मेहनत कर और एक दिन ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। तो याद रखिए मिडिल क्लास फैमिली में जीना आपकी मजबूरी है कि चॉइस नहीं तो मेरी बात मानिए और मेहनत और लगन से आप इससे बाहर निकल के देखिए आप बड़े इंसान बनोगे तुम भी एक दिन अमीर इंसान बनोगे और अपना सपना पूरा करोगे